हमारे अर्थ पर 75 प्रतिशत पानी है ना इतना ज्यादा पानी है 1233 थाउजेंड टू लीटर ऑफ वाटर लेकिन फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है